अलविदा 2020 दे गई तू ढेर सारी सी अलविदा 2020 विश्व पटल पर बदली तूने तस्वीर कई रहे ऐतिहासिक फैसले धारा 370 हटाया गया राम मंदिर पर भी निर्णय सुनाया गया पर मन में रह गई कोरोना की टीस अलविदा 2020 अलविदा 2020 हजार, हजार मानों से मानों के बीच तुमने रेखा खींची मृत्यु और जीवन में संघर्ष हुआ जमकर पल्लेसा नजारा दृश्य भयंकर मानो तिनेद खुल गया हो शंकर फिर धीरे धीरे विनाश का सिलसिला कुछ थमा प्रकृति ने फिर से जीवन सिंचा लोग वापस सामान्य हुए पर फिर किस्मत ले रही करवच आ रहा कोरोना रूप बदलकर सरपच टाइम अर्थव्यवस्था हर और बदहाली नहीं ईश्वर नहीं चाहिए कोई और बीमारी 2021 का आगाज़ रहे बढ़िया पूरे साल विकास हो मेरे भैया यही मंगल कामना हम गाते हैं और नया साल हम मनाते हैं और नया साल हम मनाते हैं